अपनी सीट पे उछलना है कूदना है तालियां बजानी है हंसना है रोना है जो मन कर रहा है वो करना है लेकिन खुल के करना है सिक्योर लाइफ शिक्षा से सफलता तक सब so अब हम क्या करेंगे मैं आपको एक सिचुएशन बताऊंगा जिसको आपने इमेजिन करना है और उसके बाद में अगर अंदर से आवाज आए तो खुल करके सेलिब्रेट मतलब अपनी सीट पर उछलना है कूदना है तालियां बजानी है हंसना है रोना है, जो मन कर रहा है वो करना है लेकिन खुल के करना है अपनी आंखें बंद कर सकते हैं जिसके लिए वो जीरा होता है जो उसके मन में होता है कि अगर ये सच हो गया तो बस मजा आ जाएगा यार लाइफ में मजा आ जाएगा आपकी लाइफ में वो कुछ भी हो सकता है हो सकता है कोई वर्ल्ड टूर पे जाना हो आपको हो क्या लाइफ में एक बार मेरे को वर्ल्ड टूर पे जाना है, है कोई बहुत छोटा सा सपना हो कि एक मेरा अपना घर हो जहां पर मेरी फैमिली हो हो मेरे पेरेंट्स किराए का ना हो अपना घर हो जहां पर मैं सबके साथ में हूँ और खेल रहा चाहे छोटा सा हो एक बेडरूम का हो दो तो बेडरूम का हो लेकिन अपना घर हो वो हो सकता है कि मेरा अपना एक बिजनेस हो जहां पर मैं बैठा हूं मेरा कैबिन हो और बाकी सब पूरी टीम हो और मैं अच्छे से एक बिजनेस कर रहा हूँ कुछ भी हो सकता और आप घूम रहे हो अगर बिजनेस है तो इमेजिन करो आप एक चेयर पर बैठे हो जहां पर आसपास पूरी आपकी टीम बैठी हो और आप मीटिंग ले रहे हो आगे का प्लान बना रहे हो कि मैं क्या करूंगा आपको एक चीज और समझनी है कि इस टाइम पे वो पावर जो सपने को सच कर सकती है सिर्फ वो एक पावर चाहे आप उसको भगवान बोलो चाहे एनर्जी बोलो चाहे बिलीव बोलो चाहे कुछ भी बोलो वो अभी इस में आपको देख रही है आपको देख रही है तो अब जो लोग आंखें खोलने के बाद में अपने पूरे मन से सेलिब्रेट करने वाले हैं उनका वो सपना सच होगा जो बेमन के करेंगे उनका कभी नहीं होगा मेरे से लिखवा करके रखना उस चीज की गारंटी में देता हूँ कि अगर आप उसको सेलिब्रेट करने लग गए तो ऑटोमेटिकली सच हो जाएगा अगर रोज इस चीज को करने लग जाओ अपने आप ही हो जाएगा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं तो अपनी आंखें खोल सकते हैं और सेलिब्रेट कर सकते हैं जो बेवकूफी वाली चीजें लगती है बाकी बाकी सब सब तो सिर्फ मरे मरे हुए हुए लोग हैं हैं अगर हम जिंदगी जी रहे हैं है? जीने के लिए ना। करके, अरे पांच रह गए अरे पांच दिन रह गए तब जागेंगे क्या तब करेंगे इस तरीके से सपने में ही सही आपका सपना सस्त हुआ बहुत बड़ा मूवमेंट है बड़ा मूवमेंट है बस इस फीलिंग को पकड़ कर के रखना है लाइफ में कहीं पर भी आप हो एक चीज सोची हुई थी ये चीज हो गई गाने लगाए और कैटना था सेलिब्रेट कर रहा हूँ मजा आ गया जी लिया जिंदगी बस यही है जिंदगी